ये इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी तो अच्छा <laughs> दो, दो, तो। तो दो साल कोविड में सब कंफ्यूज हो जाते हैं तो अमन को मैंने स्टार्टिंग के दिन से देखा है जब ये बिल्कुल दुबला पता होता था, था है ना तो इसकी बॉडी बनते हुए भी देखी है, है। अमन को मैंने ग्रो करते हुए देखा भैया का का जब उसने सुना था तब से आज आया है और करता रहता था घर पर कटिंग मुझे पता है इसने बताया भी था और आज इस दिक्कत के लिए आया वो बता दो जिससे बैक में थोड़ा सा पेन था तो तो चीज के के लिए मेरे मेरे है है थोड़ा हो रहा को अभी। तो आप सब जानते हैं जो भी देख देख या वाला जो भी भी अगर देखता होगा होगा या वाला जाता कि अपनी के साथ साथ 8-10 घंटे खड़े रहते हैं लोगों के साथ में एक्सरसाइज करना कराना इतना मुश्किल है आप सोच नहीं सकते बहुत स्ट्रेनिस काम होता है क्योंकि आप जिम में जाते हो लग गया है की कि मैं <laughs> कितना काम कर रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए दिखाऊंगा और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें क्या ऐसे पर तुमने कभी नहीं कहा नहीं कैसे इजी ओके इजी सॉलिड तो हो गया wow. भी है और टाइप ही है गर्दन पे भी प्रेशर आता है इसका ओ oh, हो oh. इसने मुझे फेल कर दिया वही घर इजी ना ना वही घर चेंक कर दूं इस तरफ साइडवेज क्या बोलते हैं नहीं तरफ नहीं इजी नीचे वाला इस पे ऐसे रख लो ये इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी नीचे वाला ऐसे ऐसी नीचे वाला इजी सिदा, सिदा, सिदा, सिदा, सिदा, सिदा, हम करेंगे। को भी इधर टाइप है, भी नहीं नहीं नहीं है ना? <laughs> इजी। <laughs> है ना? इजी इजी, अब स्टेटमेंट दे, कैसा कैसे फील हो रहा <laughs> अभी तो बड़ा बहुत अच्छा फील हो रहा लाइट लाइट फील हो रहा है तो। तो वैसे वो आ जाना दो चार दिन ठीक है कि आप दो साल में बताना हफ्ते <laughs> में एक बार आ जाना। <laughs> आ जाना नेक्स्ट वीक फ्राइडे सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस आप में से कोई ट्रेनर हो जिसको दिक्कत हो आप हमारे पास आ सकते हैं और हम आप तो सबको सर्विस करके वापस जिम में भेज देंगे थैंक यू थैंक यू सर